क्या आप जानते हैं लाल चंदन की लकड़ी का नाम 9500 रुपए किलो है और तो और ये सबसे महंगी लकड़ी मानी जाती है और इसका वैज्ञानिक नाम पीट्रोकारपस सैंडीलस एल है और इस लकड़ी की खासियत यह है कि इससे हम स्किन इन्फेक्शन से बच सकते हैं अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें